ईशान ईशान आज आज भी बाकी है, चाहे भर गए। आज भी बाकी बाकी चाहे चाहे गए गए गए जो तुमने ना सोचा वो हम कर गए। कहीं तो कुछ अनबल हुई कहीं तो कुछ अनबल हुई यूं ही थोड़ी हम तुम्हारी बात से डर गए जान सुली पर लटकी न जाने वो हमसे इश्क क्यूँ करना चाहते जान सुली पर लटकी न जाने वो हमसे इश्क क्यों करना चाहते मोहब्बत में इतनी गहराई तक उतर कर न जाने वो क्यों मरना चाहते इतनी गहराई में मोहब्बत करी एक दिलरूबा से इतनी गहराई में मोहब्बत करी एक दिलरुबा से ना जाने वो अब मोहब्बत छोड़ कर हमसे क्यों लड़ना चाहते